हेलो गाइज क्या आप तैयार हो नोटबुक और पेन लेके तो शुरू करते हैं हमारा डिक्टेशन सीरीज का पार्ट वन अभी आप आपको 20 वर्ड्स बताए जाएंगे आपको नोटबुक में पहले उठन के लिखना है और वीडियो के अंत में आपको पूरे स्पेलिंग के साथ और उसके मीनिंग के साथ दिखाया जाएगा तो वीडियो के आखिर में जो आपने लिखा हुआ स्पेलिंग है तो आप उसे चेक करेंगे तो गाइज लेट्स बिगेन पहला बेटर बेटर, दूसरा अचीव अचीव तीसरा मॉल मॉल चौथा रिसीव रिसीव पांचवा फ्लीट फ्लीट छटा पर डीपर सातवा डोर डोर आठवा रूट रूट नौवा रेन rain 10th free free 11th butter butter 12th sheep sheep 13th airplane airplane airplane चौदावा शूट सूट पंद्रवा नोटबुक नोटबुक सोवा हाउस हाउस सत्रहवा टेबल टेबल अठारवा नेटवर्क नेटवर्क उन्नीसवा मोबाइल फोन मोबाइल फोन बीसवा कंप्यूटर कंप्यूटर अभी आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसे आप चेक कीजिए पहला बेटर बेटर दूसरा अचीव अचीव तीसरा मॉल मॉल चौथा रिसीव रिसीव पांचवा फ्लीट फ्लीट छटा डीपर डीपर सातवा डोर डोर आठवा रूट रूट नौवा रैन रैन दसवा free, free, ग्यारवा butter, butter, बारावा sheep, sheep, तेरावा airplane, airplane शूट, शूट, पंद्रहवा नोटबुक नोटबुक सोलवा हाउस हाउस सत्रहवा टेबल टेबल अठारवा नेटवर्क नेटवर्क उन्नीसवा मोबाइल फोन मोबाइल फोन बीसवा कंप्यूटर कंप्यूटर आपने कितने वर्ड्स बराबर लिखे हैं? और जो वर्ड्स बराबर नहीं आए हैं उसका आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए अगर आपका स्कोर कम हुआ है तो वीडियो रीप्ले करके वापस प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मैक्समैन परफेक्ट दोस्तों अपना एटीट्यूड ऐसा बना लो जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में